हैं और हम जा रहे शॉपिंग करने घर का थोड़ा सामान के आना है मिलते हैं बाय बाय तो तो आज हम साथ क्या क्या क्या लाते हैं, तो देखते रहिए रहिए वीडियो के साथ बने तेजू डाल रहे हो तेजू ले रहे हो तेजू टमाटर टमाटर टमाटर टमाटर टमाटर लाओ तमाटर। तमाटर दो तमाटर। जा दौड़ा दौड़ा दौड़ा। दौड़ा। तौड़ा। तौड़ा। तुना तुना ले लिया। गाजर का आ जाओ आजा आजा इधर आ चलो खाएंगे चीची। चला चला डंपर की बात। तो फिर सोच के हम ट्रायपोड, सेल्फी स्टिक और कॉलर माइक के लिए आए थे। तो हमने अभी ये कॉलर माइक देखते हैं क्या-क्या मिलता है हमें। गाय स्वैल को पीजा ना। चूज करने में टाइम लग रहा है सोच रही है कि कौन सा खाए कौन सा नहीं खाए और वो बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करे <laughs> इसको क्या हुआ ये किस सोच में पड़ा है इसको भी पिज़्ज़ा खाना है हैं? पिज्ज़ा खाना है हैं? मैं मम्मी के पास जाऊँ मम्मी के पास ये तो झूम रहा है यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा आने में अभी टाइम है और सुल है सुहेल वहाँ पर अभी खड़ी है पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के लिए आज सुल की तरफ से पार्टी है क्योंकि बहुत दिनों से उसकी पेंडिंग पड़ी थी ए, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाएगी और आज उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया अब देखते हैं कौन सा पिज़्ज़ा वो ऑर्डर कर रही है सुैल को बहुत टाइम हो गया है पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिए हुए और अभी तक हमारा पिज़्ज़ा आया नहीं है और हम बैठे हैं अपने पिज़्जे का इंतज़ार अब क्या है तेज तो बड़े मजे ले रहा है देपाल ये मान नहीं रहा है ये बहुत परेशान कर रहा है और, और हमारा ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और इसलिए हमारा पिज़्ज़ा आ गया है तो हम शुरू करते हैं अपना तो इ हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और हम स्वैल से स्पाइसी डाल रही है बस कर ठीक है गाइस हम पिज़्ज़ा खा के फिर आपसे बात करते हैं और हमारी राइड में हम कौन कौन है पीछे मेरी वाइफ और ये बीच में तेजू और मैं और हम अपनी राइड किससे कर रहे हैं पुणे और है पुणे मुंबई हाईवे पे है और हमें ये बीच में जो नज़ारा मिला है आ... क्या हम अभी हाईवे पे ही है और अपने कैंप के लिए जा रहे हैं तो गायज हम मार्केट से घूम के आ चुके हैं और और अपनी सब्जियों में लगी हुई है अपनी सब्जियों को समेट रही है और देखते हैं गायज और आपको क्या दिखा रहे हैं हम आटे का हमने 10 केजी का ये आशीर्वाद आटा खरीदा है सुहेल ने अपनी सब्जी सजा ली है और वो अपने काम में लग चुकी है आज क्या बनेगा गाय सस्पेंस है देखते हैं क्या। चिकन बिरयानी। तो वो क्या बोल रही है चिकन बिरयानी बनाने के लिए देखते हैं चिकन तो हम लाए नहीं है, <laughs> है। <laughs> तो सब्जी में हमारा देख लो क्या है हरे मटर है मिर्च है लौकी तो नहीं है तोरी धनिया पत्ता भिंडी टमाटर है शिमला मिर्च है प्याज है आलू है, तो गाय ये नींबू भी लाए हैं गायबू बताना भूल गई थी गाय ये सुल का किचन है और ज्यादा टाइम ये अपने किचन में ही रहती है ये मेरा कैंप का व्यू है आप देख सकते हैं और ये है हमारा फैमिली क्वार्टर और मेरा ये तेजू आते ही सो गया उसको रास्ते में ही नींद आ गई थी तो वो अपना नींद पूरी कर रहा है है इसका भी ये ये है तो ये नाम बहुत <laughs> अरे तो इंग्लिश में जो बोलते हैं। मेलन। <laughs> मेलन नहीं है <laughs> जी अपनी नींद पूरी करके उठ चुका है अब ये अपनी मस्ती में लगेगा देना देना। देना। आ। अक्कू। <laughs> <laughs> क्या जूता पहनोगे आप दोबारा बाजार जाना है आपको नहीं तो गाय आपको पता ही है कि मैं एक नया न्यू ब्लॉगर हूँ और अपनी वीडियो न्यू न्यू शुरू करी है तो न्यू ब्लॉगर के साथ साथ आपको उसके साथ भी कुछ सामान के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये मैं स्वेल्व के लिए एक मोबाइल कवर लेके आया था तो ये तो उसका है बाकी और क्या क्या है और मैं ये कॉलर माइक लेके आया था ताकि जैसे मेरी आवाज़ मोबाइल में ठीक से आती नहीं है तो उसके लिए फिर मैं कॉलर माइक लेके आया था जो मैंने 180 रुपए का ख़रीदा है लो बजट है तो अभी अभी न्यू ब्लॉगर के लिए इतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता जैसे वैसे वैसे मैं और भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा तो गैस ये कॉलर माइक है आप देख सकते हैं आ, तो आ, ये मुझे वन का पड़ा है देखते हैं इसका क्या है इसका मुझे इसकी वायर भी ठीक ठाक आई है अच्छी खासी लंबी है तो कितनी लंबी चार्जर को ही फेल कर देगी तो वैसे देखते हैं इसका इस्तेमाल करके देखते हैं इसमें वॉइस कैसे आती है बाकी अभी तो मैंने सिंपल मोबाइल से ही बनाया है बाकी मैं कॉलर माइक लेके आया हूँ तो आगे देखते हैं दूसरे ब्लॉक में इस माइक का मैं यूज करूँगा तो अगला क्या है एक हेडफोन लेके आया हूँ मेरे पास हेडफोन नहीं था टूट गया था वो ये मेरे शैतान लड़के बच्चे ने उसको दो टुकड़े कर दिए थे तो इसलिए एयरफोन की जरूरत पड़ी थी तो मैं तो मैंने एक एयरफोन भी खरीदा है और देखने में तो अच्छा है और दूसरा सबसे मेन ब्लॉगर के लिए होता है उसका ट्राइपोड। तो ट्राइपोड आपको मैं दिखा देता कि मैं किस टाइप का लेके आया हूँ ये है विथ लाइट के साथ आप देख सकते हैं इसका डिजाइन मुझे बहुत इसका लुक बड़ा अच्छा लगा मुझे और ये ब्लूटूथ है सबसे मेन बात ये है कि इसका ये ब्लूटूथ है ये इसका ब्लूटूथ की है और ये यहाँ फिक्स हो जाता है और ये इसमें जो लाइट है आप देख सकते हैं है तो लाइट मुझे इतनी खास नहीं लगी क्योंकि बहुत कम ही रोशनी है इसकी लाइट में तो तो बाकी नाइट में हम देखते हैं इसका क्या विड़ा विड़ा विड़ा। है विड़ा <laughs> और ये इतना आप हाँ। तो देख देखने में तो लुक अच्छा लग रहा है और ये एक स्टैंड भी है मैं पताना भूल गया था आपको एक स्टैंड भी है इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते है तो मैं तो मुझे तो ये अच्छा लगा बाकी आपको जो भी है आप बता सकते हैं कमेंट्स में आप बता सकते हैं कैसा है और इसका प्राइस मुझे पता है फोर हंड्रेड रुपीज इसकी कोई कंपनी तो है नहीं गाई है तो ये मेड इन चाइना ही है ठीक है गाई